शरीर मंदिर सा पवन हर मानव उपकारी है जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है हर शरीर मंदिर सा पवन हर मानव उपकारी है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 बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी है यादव तप की गाता है गाती कवि की वाणी है जहां कर्म से भाग्य बदलते